जय माता की आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जय माता की में हार्दिक अभिनंदन है आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको श्री हनुमान जी का एक शक्तिशाली मंत्र बता रहे हैं इस मंत्र के जाप से यदि हम सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस मंत्र का केवल छ अथवा अट्ठाईस बार या एक सौ आठ बार चालीस दिन तक नियम पूर्वक इस मंत्र का जाप करते हैं तो श्री हनुमान जी सभी कष्टों का निवारण करते हैं और सभी कार्यों की सिद्धि इस मंत्र के जप से होती है ये मंत्र बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है इस मंत्र के करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अब ये नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके तो मंत्र इस प्रकार है ओम ऐ नमो भगवते हनुमते मम कार्यु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साध्य साध्य मक्ष रक्षेभ्यों हम फट स्वाहा जय जय जय श्री हनुमान की जय जय जय कृपा निधान की जय जय श्री रघुनाथ की जय जय सीताराम की इस प्रकार से यह पूरा एक मंत्र है इस मंत्र के जब से आप सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं इस प्रकार ये हमारा हनुमान जी का चमत्कारी मंत्र यहीं पर संपन्न होता है इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों में आगे भी शेयर करते रहें जय माता की